एक hey आई तो अभी रात के हो रहे थी साढ़े ग्यारह तो मैं अभी एडिटिंग कर रहा था तो अब मैं एडिटिंग कर रहा था तो आपको दिखाता हूँ कि मैं एडिटिंग कर रहा था और मैं साथ साथ में जो नंबर वन ब्लॉगर बने उनकी वीडियो भी देख रहा था तो मैंने एडिटिंग तो कंप्लीट कर ली अब मैं वीडियो चढ़ाऊँगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से देख लेना और ने आज ब्लॉग नहीं बनाया और कल भी नहीं बनाया था और नहीं बनाया तो नहीं बनाया तो गैस इस वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि हमारी सबसे पहली वीडियो आप दें तो अभी मैं कुछ देख रहा था कि सोरज दोषी कौन सी से कैमरे से ब्लॉग बनाते हैं तो डी एस आर से बनाते हैं तो उस टैंड से हमें भी स्टार्ट करना पड़ेगा तो हमें भी ख़रीदना पड़ेगा तो मिलते हैं गैस